तो नमस्कार सलाम सत्याकंतु तो दोस्तों आप कैसे हो उम्मीद करूँगा बढ़िया होंगे और बढ़िया होना चाहिए दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जोड़ी मैंने निकाल कर रखी है ठीक है पहले से मैं बना कर रखा था तो हमें हमारा चल रहा है ये गली से चल रही है ठीक है दोस्तों ये देखो यहाँ से गली से चल रही है गली में आए उनचास में उनचास लेंगे उनचास में हम आठ प्लस करेंगे तो आठ प्लस करेंगे तो आएगा हमारा संथावन संथावन हमारा दूसरे दिन गाज़ियाबाद में पास है ठीक है दोस्तों वैसे ही आया हमारा वैसे ही हमारा आया है नब्बे ठीक है तीसरे दिन आए चौथे दिन आया हमारा नब्बे नब्बे में हम करेंगे क्या? अठारह प्लस करेंगे अठारह प्लस करेंगे तो आएगा हमारा मुंडा आठ ठीक है दोस्तों मुंडा आठ मुंडा आठ की फैमिली में से देख सकते हो अंठावन फरीदाबाद में पास ठीक दोस्तो? है दोस्तों वैसे फिर निकला चौदह चौदह में हम अट्ठाईस प्लस करेंगे तो अट्ठाईस प्लस करेंगे तो आएगा हमारा बयालीस ठीक है दोस्तों चौदह में अट्ठाईस प्लस करेंगे तो और तेज में हाँ बयालीस आएगा सो दोस्तों बयालीस आएगा बयालीस की राशि में देख सकते हो चौहत्तर डी में पास ठीक है दोस्तों ये अगे पहले से भी चल रहा था तो मैंने अभी चला अभी दिखाया ठीक है तो और आज का जो हरूफ है गली में गली का जो हरूफ है पंजा है ठीक है दोस्तों गली का हरूप पंजा है चाहे अंदर आए चाहे बाहर आए मैं दे के जा रहा हूं आपको गली का हरूप पंजा है ठीक है दोस्तों अंदर आए चाहे बाहर आए पंजा आना उसको चाहिए ठीक है दोस्तों आएगा तो आएगा ठीक है दोस्तों इसका अट्ठा हरूप था नौ का हरूप था अट्ठा और नौ का तो इसमें देखो अट्ठ का मार के गया इसमें ठीक है दोस्तों आठ को सात बना गया और नौ को चार बना गया ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं आज जो, जो जोड़ी दूंगा ना दोस्तों पैसा ही पैसा आएगा दोस्तों ऐसा जोड़ी दूंगा आप आज आपको ठीक है जोड़ी आपको सारे दिख रही है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों ठीक है और आज जितना मर्ज़ी पैसा कमाना है एक करोड़ रुपए लगा देना इस अट्ठे पे एक करोड़ रुपये लगा देना अट्ठे पे अट्ठा इसका बाप दे जाएगा कंपनी वाले से ठोक के जा रहा हूँ जा कंपनी वाले को अगर बोल देना रोक के दिखा दे अट्ठा ठीक है फरीदाबाद गाजियाबाद गली जबर तीन चारों कंपनी को चैलेंज करता हूँ इसको रोक के दिखा दे ठीक है और जो आज का जो सिंगल है मेरे तरफ मेरे से बहत्तर का सिंगल है ठीक है ऑल गेम में खेल लेना दिल्ली दरबार में किसी का लग रहा है तो भाई दिल्ली बाज़ार में तो भाई डी बाजार में भी खेल लेना ठीक है श्रीगनेश में भी खेल लेना दोस्तों बहत्तर को सिर्फ बहत्तर को बाकी जोड़ी को छोड़ देना बहत्तर को खेल लेना ठीक है और बहत्तर की राशि में पड़ता है बाईस ठीक है दोस्तों बाईस और सतहत्तर ठीक है रोक के दिखा दे आज और आज का जो है मेरे पास सिंगल में इक्यावन ठीक है ऑल गेम के लिए और सैंतीस चवालीस निकला एक, एक ट्रेक है मेरे पास तो चवालीस निकला था तो मैंने सात प्लस किया तो सात प्लस करके इक्यावन निकला सात माइनस करेंगे तो सैंतीस निकलेगा एक निकला था चालीस चालीस में सात प्लस करेंगे तो सैंतालीस और सात माइनस करेंगे तो तैंतीस ठीक है ये तिया तीन जोड़ी है मेरे तरफ से ये जोड़ी और ये वाला जोड़ी कन्फर्म है क्योंकि अट्ठा तिया मेरे पास बन रहा है बाकी आप अगर अट्ठा आपके पास कहीं सेट हो रहा हो अट्ठा तिया अगर कहीं सेट होगा ना दबा के खेल लेना इसका बाप भी देगा जाएगा जोड़ी ठीक है मुंडा ंडा ठीक है और इक्यावन दे दिया मैंने आपको छप्पन और एक जोड़ी है पैंसठ छप्पन इक्यावन मुंडा एक ये लो दोस्तों इक्यावन की राशि और सैंतीस की राशि है सतासी ठीक है बत्तीस और बयासी ठीक है दोस्तों सैतालीस की राशि है बहानवे बानवे बयालीस और सैतालीस दे चुका हूँ आपको मैं और एक जोड़ी है आपका संतानवे ठीक है तैतीस की राशि है तबल अट्ठा और अट्ठासी अड़तीस सॉरी ठीक है दोस्तों अट्ठातिया को बोलता हूँ इसको अगर फरीदाबाद गाजियाबाद में नहीं आया ये वाला जोड़ी गाजियाबाद फरीदाबाद में नहीं आया तो डीएस में नहीं खेलना आपको खेलना ही नहीं है ठीक है गली में खेल लेना और ये जोड़ी गली में नहीं खेलनी है ठीक है दोस्तों फरीदबाद में गाजियाबाद में ही पास हो गया जाएगा ये चारों फैमिली ठीक है चारों फैमिली गज फरीदाबाद और गाजियाबाद में ही पास होकर जाएगा गली तक नहीं पहुंचने दूंगा दोस्तों इसको ओल गेम के लिए खेल लेना ये अगर फरीदाबाद गाजियाबाद में नहीं पास हुआ ना तो दोस्तों कल से वीडियो बन डालना बंद ठीक है दोस्तों कल से वीडियो डालना बंद कर दूँगा मैं अट्ठा दिया कन्फर्म है जितना मर्जी पहल के खेल लेना अगर आपके पास कोई भी हरूफ सेट हो रहा हो दबा के खेल लेना ठीक है दोस्तों चलते ऐसा जय हिंद जय भारत बंदे मातरम ज़्यादा बोल ली ज़्यादा जरूरत तो नहीं है कल का हमारा जो गेम था वो फेल हो गया मैं आपको दिखा दूँ ठीक है दोस्तों कल का जो गेम था हमारा फेल है ठीक है दोस्तों बिल्कुल फेल तो फेल है ठीक है मुंडा छः दिया था इसने मुंडा पाँच एक घटा के मुंडा पचास दिखेगा ठीक है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है आज जो है ना आज फरीदाबाद और गाजियाबाद में ही पास हो जाएगा ठीक है दोस्तों उनमें से आपको मैं एक सिंगल जोड़ी बता देता हूँ मुंडा छः किसी के पास अगर बन रहा है मुंडा छः मुंडा एक अगर किसी के पास बन रहा है तो दबा के पेल देना ठीक है दोस्तों रोकेगा नहीं और रिपीट आने की चांस है तो सैंतालीस मेरे पास सिंगल है मेरे पास ठीक है दोस्तों बाकी आप देख लेना अगर किसी भाई के पास अगर और भी जोड़ी बन रहा हो तो ये जोड़ी सेट कर लेना और दो दिन पकड़ के खेल लेना दो दिन दो दिन इसको पकड़ के खेल लेना दोस्तों मान लो एक तरफ से पकड़ जोड़ी है ये ठीक है चलते चलते जय इंजय भारत बंद है मातरम